तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन पांच साल पहले गौर और कौन की बहुत बड़ी फाइट हुई थी जहां पर गौर जिला को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गौर का कुछ भी पता नहीं चल पाया किसी ने नहीं देखा उसे और उसके बाद हमें पाँच साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आईलैंड को देखते हैं जो की कॉन्ग का घर था असल में और यहाँ पर हम देखते है की कौन का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी इंजॉय करता है वहीं पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफी अच्छी लगती थी वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं डालता था उसकी सारी बातें मानता था लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है और यहाँ पर हम कोंग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं कोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को खेड़ आसमान की तरफ फेंकता है जिससे अनर्जी वॉल टूट जाती है और यहाँ पर हम ये जान पाते है की असल में कौन को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गोड फिर से वहाँ पर न आ जाए क्यूँकी ये दोनों टाइटन एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो कहीं दोबारा से न लड़ पड़े अब क्योंकि कॉन्ग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी लाइक मशीन रोबोट एक्सेट्रा लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी आरोप थोड़ा बहुत डाउट होता है की कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेती है जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है लेकिन तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और ये गौड़ जिला के आने का अलार्म था देखते ही देखते गौड़ जिला समंदर से बाहर निकल आता है बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है किसी को भी समझ नहीं आ रहा था की आखिर गौड़ सबको क्यूँ मारता जा रहा है क्यूँकी वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानो को सेव करता है उनकी जान बचाता है यहाँ पर हम ये जान पाते है की गौड के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है और गौड अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गौरजिला आ चुका है लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है पहले जैसा नहीं रहा यानी पहले वो इंसानों को बचाता था लेकिन अब वो अग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है कंपनी का ऑनर न्यूज में सबको बता रहा होता है की हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट आरोप काम कर रही है वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे की जिससे गौरजिला का मुकाबला हो सकता है इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गोड जिला गुस्से में आया है क्योंकि वो गौडिला को बहुत अच्छे से जानती थी इसीलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती है क्योंकि उसका मानना था की गुड़जिला पहुँचा सकता बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है उनकी जान बचाता है मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है की गौजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं की देखो बेटा ये सारी क्रिएटर ये सारे टाइटन इंसानों की तरह ही यानी इनका मूड चेंज हो सकता है अब देखो गौड़ जिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है इसके बाद मेडिसिन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है वो हैकर असल में गौड़ जिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है की वो जाकर उस हैकर ऐसी मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी की आखिर चक्कर क्या है घोड़ जिला ग्रेसिव क्यूँ हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यूँ डिस्ट्रॉय किया इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन ऐसी जाकर मिलता है डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहां पर टाइटंस पैदा होते हैं असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में ये अर्थ टाइटन की अनर्जी का सोर्स है वहीं पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी ऐसी भी मिलवाता है कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेतन को बताता है की हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूँढ लिया है अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटंस एनर्जी लेते हैं और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गौजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे डॉक्टर नैथन से पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया यहां पर हम ये बात पे जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती इसीलिए वहां पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है जिस पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेतन को कहता है की आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्यूँकी हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद ऐसी हम वहाँ यानी होलो अर्थ आरोप जाएंगे कंपनी का ऑनर ये भी बताता है की हर टाटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है इसीलिए हमें एक कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं की हमें कॉन्ग को उसके घर आरोप भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है क्यूँकी हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ आरोप नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ ऐसी बाहर निकला भी तो गुड़जिला उस पर अटैक कर देगा इसीलिए कॉन्ग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कोंग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं कोंग को ये लोग चेन से बांध ले जा रहे थे कोंग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग ऐसी इशारों में बातें करती है बच्ची बताती है की कोंग को गुस्सा आ रहा है क्यूँकी उसे जंजीरों ऐसी बांधा हुआ है आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है की हम गोड के रास्ते ऐसी नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते ऐसी ही जाएंगे ताकि गौट को पता न चल पाए पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गौड और कोंग की काफी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे फिर हम मेडिसिन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर ऐसी मिलने जाती है यहाँ आरोप वो हैकर उन लोगों को बताता है की असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर होंगकोंग शिफ्ट कर दिया जाएगा लेकिन गौड को ये बात पसंद नहीं आई इसीलिए उसने उस कंपनी आरोप अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय दिया फिर हम देखते हैं कि कोंग वाली शिप में अलार्म बजने लगा है वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गौड़ जिला आ रहा है डॉक्टर मैथन कहता है कि अब क्योंकि गौर जिला बाहिर आ रहा है तो हमें कोंग को भी आजाद कर देना चाहिए यानी उसकी चें खोल देनी चाहिए ताकि वो गौड़ जिला का मुकाबला करके हम सब बचा ले और अब फाइनली गौर बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ जब कौन को पता चलता है की गौड आ रहा है तो वो जोर ऐसी चिल्लाने लगता है लेकिन उसे तो चेन ऐसी बांधा गया था फिर ये लोग गौर जिला रॉकेट में मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गौड़ जिला आरोप जरा भी असर नहीं होता जो उन लोगों की प्लेन्स होते हैं गौड़ जिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गौड़ जिला कोंग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था गौड़ जिला उन लोगों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहां पर गौड़ जिला उनके शिप को पलट देता है जिससे कोंग और बाकी लोग समुन्दर में डूबने लगते हैं फिर वो लोग कोंग के चेन्स को खोल देते हैं ताकि कोंगोड़ जिला का मुकाबला करके उन सब बचाए फिर गौड़ और कोंग की ग्रेट फोर होती है जिससे कोंगोड़ जिला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके लेकिन गौड़ जिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी और यहाँ पर कोंग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर गौड़ जिला आ रहा था यहाँ पर कौन गौड़ को एक जोरदार पंच मारता है फाइट बैक करते हुए गौड़ भी कॉन्ग को मारता है जिससे कौंग नीचे गिर जाता है कोंग एक बार उठ फिर से गौड़ को मारता है और गौड़ जाकर समंदर में गिरता है इस बात ऐसी गौड़ को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है ये देखकर कोंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है घोड़ जिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गौड़ जिला कितना ज्यादा पावरफुल है फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है घोड़ जिला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कोंग जो की इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था गौड़ जिला कोंग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कौन की हेल्प करनी चाहिए वरना गौड़ जिला उसे मार डालेगा फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता ये है कि कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है फिर डॉक्टर ऑर्डर देते हैं की सब कुछ ऑफ कर दो सारे इंजन सारी मशीन को शट डाउन कर दो ताकि गौड़ ये समझे की हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं और तब ये लोग सारे चीजों को शट डाउन कर देते हैं तब गौड़ जिला को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ ऐसी चला जाता है फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गौड जिला हमें फिर ऐसी फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे जिस पर डॉक्टर नैतन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ाकर लेकर जाएंगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिरी कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गौ जिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ट हो जाता असल में जहाँ ये लोग तो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी कोंग को हॉलो के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है वो लोग कोंग को कहते हैं कि वो हॉलो अर्थ वाले केव में चला जाए लेकिन कॉन्ग वहाँ आरोप जाने के लिए इनकार कर देता है फिर ये लोग डिसाइड करते है की वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे की वो वहाँ आरोप चला जाए क्यूँकी कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं डालता था साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा की आपकी फैमिली भी वहाँ आरोप है आप जैसे और भी हैं वहाँ पर और यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कॉन्ग उस होलोअर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं होलोअर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी अब क्योंकि -क्यों उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी इसीलिए उनकी जान बच जाती है और होलो में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटीग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है वो मॉन्स्टर उस बच्ची आरोप भी अटैक करने वाला होता है लेकिन कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मोस्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है जबकि बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं मेडिसन और उसके फ्रेंड्स होंग कॉन्ग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है गौड़ को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और घोड़ बनाया है और इस नए गौड़ का नाम होता है मेगा गौड़ और इस मेगा गौड़ को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है से उस कंपनी की ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था मेगा गौड़ की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है मेगा गौड़ जिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गौड़ को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पॉवर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ में थी और यही वजह थी की कंपनी का ऑनर उस एनर्जी सोर्स उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गौड़ को दोबारा ऐसी जिंदा कर सके इसके बाद हम देखते हैं की मेगा गौड़ एक्टिवेट हो है मेगा जिला की जिंदा होते ही गोड जिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो होंगकोंग जहाँ पर वो मेगा गोट जिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है होलो दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था कोंग पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से धाड़ता है कोंग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो की एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती बल्कि ये गौड़ जिला की बॉडी ऐसी बनाई गई होती है जो की बहुत पावरफुल होती है कोंगुस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह गौड़ जिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गौड़ जिला की तरफ बढ़ रहा था जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहां पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है क्यूँकी उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है गौड़ जिला को ये बात भी पता चल जाती है की होलो अर्थ में कोई आया है जिससे गौड़ जिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन आरोप मारता है जिससे वो न्यूक्लियर वर जमीन को फाड़ती हुई कोंग के पास पहुंच जाती है कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ ट्रेक करती है वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गोड जिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और जब उस लड़की को रिलाईंस होता है की यहाँ आरोप गौड़ जिला भी आने वाला है तो वो वहाँ ऐसी भागने लगती है लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़ उसे डिस्ट्रॉय कर देता है कोंग अपना एक्स लेकर गौड़ जिला ऐसी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्यूँकी इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गौड़ जिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था फिर कोंग ऐसी भागते हुए होंगकोंग आ जाता है कोंग गोड जिला पर अटैक करता है लेकिन बाई मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर कर जिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है गौड़ जिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है लेकिन कोंग बहादुरी ऐसी मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है फिर कोंग अपनी एक्स ऐसी गौड़ जिला आरोप अटैक करके उसे इंजर्ट कर देता है जिससे गौड़ जिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कौन को दूर है। लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है अब क्योंकि गौड़ जिला काफी ज्यादा पावरफुल था इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था गोड जिला कोंग को इंजर्ट करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर ऐसी धाड़ने लगता है उसे देख कोंग भी जोर ऐसी धारने लगता है और तभी गौड़ जिला कोंग को छोड़ कर वहाँ जाने लगता है हम देखते है की कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गोड़ जिला को जगा दे यहाँ पर हमें पता चल है कि मेगा गौड़ जिला गौड़ जिला से काफी पावरफुल है और उससे साइज में काफी बड़ा भी है लेकिन यहाँ पर मेगा गौड़ जिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है इसीलिए मेगा गौड़ जिला सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है फिर मेगा गौड़ जिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है गौड़ जिला जब मेगा जिला को देखता है तो वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है अब क्यूँकी मेगा जिला काफी पावरफुल था इसीलिए गौड़ जिला हारता हुआ नजर आ रहा था मेगा जिला गौड़ जिला बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है मेडिसिन और वो हैकर मेगा गोड जिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर सारी मशीन में कोर्स लगे हुए थे दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह ऐसी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था वो बच्चे कॉन्ग की हार्ट बीट सुनते है तो सबको बताते हैं की कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है जिस पर डॉक्टर कहते है की हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शौक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को शौक उसी एंटी कार से देते हैं जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है वो बच्ची इशारों में कोंग को कहती है कि देखो गौड़ जिला हमारा दुश्मन नहीं है वो हमारा फ्रेंड है इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो तब कोंग गौड़ जिला को बचाने के लिए चला जाता है मेगा गौड़ जिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गौड़ जिला को बस मारने ही वाला होता है की तभी वहाँ पर कौग आ जाता है और कोंग यहाँ आरोप गौड़ जिला को बचा लेता है गौड़ जिला फुरन समझ जाता है की मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए लेकिन मेगा गौड़ जिला इतना ज्यादा पावरफुल था की वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था कोंग को अपनी एक्स नजर आती है लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती लेकिन कोंग फिर भी उस एक्स से मेगा गौर जिला आरोप अटैक कर देता है लेकिन मेगा गौर जिला कोंग को मारता है और वो कोंग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है अब क्यूँकी मेडिसिन और उस हैकर ऐसी वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा की पावर को कम किया जाए इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन आरोप पानी डाल देते हैं जिससे मेगा थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर गौड़ अपने नियुक्ति पावर के जरिए कोंग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी इसीलिए वो मेगा गौर जिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है उसकी हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गौर जिला का सर भी उखेड़ कर फेंक देता है अब क्यूँकी मेगा गौर मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है लेकिन तभी गौड़ फिर ऐसी खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गौड़ जिला लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अब क्यूँकी उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी इसीलिए वो नहीं लड़ते गौड़ जिला समंदर भी चला जाता जहाँ से वो आया था और जबकि कोंग अब हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला गया है और कोंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है